जानू तेरी कभी बिनिकला कोन दीवानी तसबे रद सोर दीवानी तसबे रद वालों मेरी गोले जग माया मेरी गोले जग माया अनु श्री मेरो दिल लेगी ले गिर पटवालिका सुदी रख तो पतला सदुआ दिलवार तो दो सास तो पहली बार आयो जू जयपुर राजधानी मैं रजनी का गंदा कन साम्य जेठ चोरी मतरा के इस टोल नजर तेरे तेरला मेरी बहना आप कोल करें कंपनी चाकू जयपुर के द्वारा पेश किया जा रहा है जिसके निर्माता निर्देशक भाई विनोद मीणा भिड़की आवास जिनके मोबाइल नंबर है चौरानवे तो चौदह सत्ताईस सत्तर सत्रह तो ये तो भूख लगे प्यास दीवाना गुण याद कलाकार भाई सुनील कुआ गाँव इनके मोबाइल नंबर है छन्नवे बहत्तर जीरो आठ जीरो दो जीरो दो जिजिया जी जी तो कुड़न को छोड़ोगा तो